फेज टू फेज थ्री के शेड्यूल आ चुके थे अब देखेंगे 13 से 18 मई तक जो फेज थर्ड की परीक्षा चलेगी उसकी एक्सेल जारी कर दी गई है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप अपनी आईडी टी संस्था से संपर्क करके अपना नेम चेक कर लें अगर आप लैपटॉप ट्रेनिंग की श्रेणी में हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं बस यही एक जानकारी छोटी सी थी जो आपको देनी थी लेफ़्ट ओवर ट्रेनिस्ट कैंडिडेट्स के लिए के लेफ़्ट ओवर ट्रेनिस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है ऐसे सभी कैंडिडेट्स लेफ्ट ओवर ट्रेनीस की श्रेणी में आए हुए थे उनका एग्ज़ाम तीन फेसेस में चला हुआ है फेज़ वन फेज़ टू फेज थ्री ये जो फेज़ थ्री है वो तेरह से अट्ठारह मई तक चलेगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो